तो आज एक छोटा सा और सरप्राइज है आप लोगों के लिए जो पिछला सरप्राइज था वो अभी भी सरप्राइज़ है मैं उसको आपको साथ ज़रूर शेयर करूँगा करने जा रहा हूँ और वो चीज़ मैं आपको अपने ब्लॉग में दिखाऊँगा क्योंकि देखो हम लोग ब्लॉगिंग करते हैं अभी तो खैर मेरा वीकली ब्लॉग रहता है पर होप्स हो कि बहुत जल्दी मैं आप सबके साथ डेली ब्लॉगिंग शेयर करूंगा बट अभी मुझे अभी YouTube से मुझे एक रुपया भी नहीं आ रहा अभी तक मैं सिर्फ बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, लाइक मैंने फ़ोन लिया अपना MI का फोर के एक्शन कैमरा लिया बहुत सारी एसेसरी ली ग्रीन स्क्रीन ली और अभी एक और चीज़ मैं प्लान कर रहा हूं, तो मैं उसको एज अ सरप्राइज़ में काउंट करूँगा और मैं आपसे पता शेयर करूँगा तो प्लीज़ गाइज मेरी वीडियो को जो भी कुछ देखता है प्लीज़ सब्सक्राइब करो वीडियो लाइक करो कमेंट करो शेयर करो और प्लीज़ अपने दोस्त को अपने बेटे को अपने भाई को प्यार दो और मुझे आगे बढ़ने में मेरी हेल्प करो Guys home tour share अपने सिस्टर के घर पर आया हूँ तो मैं आपको अपने सिस्टर के घर का व्यू दिखाता हूँ इसका भी घर सेम ऐसा ही है दूर तक देखो बहुत अच्छी हरियाली मिलेगी आपको यहाँ पे बहुत प्यारा व्यू है और सड़क बहुत, बहुत खुली है और ये आज गली में जागरण टाइप कुछ तो वो है तो ये है कुछ अच्छे अच्छे घर का मेरे व्यू ये घर के प्लांट्स हैं बहुत प्यारे प्लांट्स हैं मैं आपको बहुत पास से दिखाता हूँ ये देखो बैस बहुत प्यारी नेचर ग्रीनरी को उन्होंने रखी हुई अपने घर पर मेरी बहन ने ये देखो बहुत प्यारे मेरा देखो फ्लावर्स देखो यहाँ पे आते हैं ये देखो बस बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं तो चलिए चलते हैं घर पर तो ये है कुछ सिस्टर के घर का मेरे व्यू ये मेरी सिस्टर की फैमिली पिक है पूरी बहुत अच्छा व्यू है घर का मैं आपको और अच्छे से दिखाता हूँ ये किचन है मेरे सिस्टर का बहुत प्यारा भी घर का हर चीज़ प्रॉपर सेट अलाइनमेंट करके रखी हुई है देखो हम लोग आज भी अपने घर अपने घर में घड़े रखते हैं घड़े का पानी बिल्कुल फ्रेश और प्योर होता है और इसमें बहुत नेचुरल मिनरल्स होते हैं घड़े के अंदर मिट्टी के अंदर तो आप सब को भी रेफर करूँगा कि आप भी अपने घर में मिट्टी के बर्तन मिट्टी का घड़ा रखिए गया गया के दूगे दूगे। तो कैसा तो लगा आपको मेरी सिस्टर का ये वाला घर अपनी बुआ के घर झाड़ू पूजा करता हुआ ये पागल पागल है शाहबाज वेरी गुड बड़ी फून की गलत है वो देखो देखो कर रहा है सफाई नहीं सफाई वाला है गे गे गे एमे हाँ। दो बार इधर लिया <laughs> दोनों करना महान काम हो रहे रहा दो करो नीचे मामू देखो मेरे नेफ्यू ने दिखाया है। proud of him. अब देखो मेरा नेफ्यू सिद्ध इस क्यूब को बढ़िया बनाएगा शुरू करो uh... Uh... देखो, देखो। <laughs> तो ये देखो सिर्फ और सिर्फ दस से बारह सेकंड में ही सिदक ने ये एक ट्यूब बना लिया आई एम प्राउड ऑफ हिम गड गॉब तो ये देखो भाई बहुत अच्छी क्रिएटिविटी के साथ वॉल्स को सजाया गया है घर पे। और ये देखो भाई ये आपको सबसे अच्छा लगेगा इस देखो दो एलिफेंट एक साइड एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड पर रखा है और बीच में मनी प्लांट रखा हुआ है जिससे कि इसका गेटअप अगर आप देखोगे बहुत प्यारा आ रहा है तो ये देखो ये मेरे नेफियो को भंगड़ा डांस में अवार्ड मिला था ट्रॉफी इसको ट्रॉफी बोलते हैं और आई थिंक बीस से पच्चीस लोगों का ग्रुप था जिसमें मेरा नेफियो भी नाया था अब मैं आपको अपनी सिस्टर से मिलवाता हूँ तो ये मेरी सिस्टर है दीदी रजीत दी हेलो और आपको कैसा लगा मेरा घर प्लीज़ बताइए कमेंट करके जरूर बता सा गदी करना भी तू मैंने पहले कुवारती में इसको सबसे खाना बाजू जोड़ दे और एम नहीं हो रही है मैं तेरे पापा बना दी ना ना होगी होगी नई गिरेगी गिरेगी होगी आ गई अरे पारा हो गया मैंने क्या कर लिया नहीं नहीं चल भी थोड़ी मैं प्याज डालूं तो ये अपना लंच टाइम हो गया है सारे बैठ के हम लंच कर रहे हैं एक कम भी है बेड हुआ है ओनो प्लेट नहीं मिल रही है जी खाना बना रही है बहुत अच्छे अंदर के लोग तो फ्रेंड्स कैसा लगा हाँ आपको गया मेरी शुक्का वाला घर ये बहुत प्यारा है इन्होंने हर हाँ चीज़ को अलाइन करके रखा हुआ है और एक एक चीज़ इन्होंने इतनी सटीक तरीके से इन्होंने लगाई हुई है ना कि मेरे को बहुत सख्त है तो मुझे लगा कि आपको दिखाना चाहिए तो सो मैंने फिर पूरा ये घर का टूर मैंने आपको दिखाया तो जिनके जिनके फ्लैट्स जो भी लोग परचेज करते हैं तो वो कुछ इस तरह से अगर वॉल पेंट को या फिर टेक्चर को आप लगाएं और वॉल को लगाएं सीनरीज को लगाएं तो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है इस पे और बहुत अच्छी मतलब एक फ्रेश वेब जिसे बोलते हैं ना वो आती है घर पे कोई बाहर से आए तो उसको एकदम से अंधेरा या फिर अजीब ना लगे तो यहीं से पता चलता है कि गुरु को मानने वाले हमारी फैमिली है और हर चीज़ में हम बिल्कुल प्योरिटी यूज़ करते हैं तो मैं अभी बैठ के अपना ब्लॉग कर रहा हूँ एडिट और ये ब्लॉग भी मेरा आज रात को या कल सुबह तक लाइव हो जाएगा तो प्लीज़ गाइड्स मेरी वीडियो पे अगर आप मेरे चैनल पे आते हो तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करो शेयर करो गाइड दबा के और मेरे ब्लॉगिंग चैनल को बूस्ट करवाओ हेल्प करो और इन्जॉय करो आप